सोल के दो रिवील कर दिए तालिया जाएगा सलाव पे फेंको स्काउट अगर आप हो गया तो वो ये बदला लेके जाने वाला और फिर से कोशिश करता है लेकिन क्या कर करते है? हैं oh उट की तरफ से जा रहे हैं कहीं कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूर कर देंगे जाएगा, जाएगा? इंटरेस्टिंग मुकाबला बन चुका है एक ऑल ग्रेट यहाँ पर जाएगा नियो की तरफ से अगर ये कनेक्शन बना लेता है तो शायद यहाँ पर उटन टी एस एम एन टी चले जाएंगे पीछे से बैकअप भी आ जाएगा वो यहाँ पर God, वो देना चाह रहे हैं टी एस एम की तरफ यहाँ पर अग्रसर करना चाहेंगे. चाहिए स्काउट को चाहिए रिवावल क्या लग रहा है क्या स्काउट को रिवावल देना इतना आसान होने वाला है वो अगर यहाँ पर बगी लेकर मूव करते हैं प्लेयर इनके पास हाथ हो रहे हैं लेकिन कॉन्स्टेंटली नेत फाम करते हुए टी के प्लेयर्स किल कंफर्म करना चाहते हैं उनकी तरफ से यहाँ पर जब विल नहीं वो नहीं चाहते कि यहाँ पर जब टीम ओ प्लेयर को ड्राइव दे पाए लेकिन ड्राइव देने के लिए सच प्लेयर आप ही जाएंगे टी के प्लेयर्स आस ही मौजूद रहने वाले हैं और अबिलीव यहाँ पर टी के बाकी बिजली से कॉल दी जा रही होगी कि नेत्स जितनी भी मौजूद हैं जल्दी चलाओ यहाँ पर फैंको स्काउट अगर आप हो गया तो वो ये बदला लेके जाने वाला और अगर उसने बदला लिया यहाँ पर तो फिर आसानी नहीं आएगी इनके ऊपर डस्ट्रो यहाँ पर जो आप ट्रेड नॉक्स निकालने की कोशिश में नेत पार्म कर रहे हैं अभी तक कोई भी आउटिंग जनरेट नहीं कर पाएगा बिल्कुल यहाँ पर अभी के लिए डेस्टो जो आए थे बहुत ही जल्दी अगर आगे पर देकर जाएगी स्काउट को टीएसएम जो अभी नया शोरूम बनाया उस पर्टिकुलर रीजन पर दिन कोई भी नहीं रहता, एक मैकलेर का शोरूम बनाया गया था पगट को अपने एरिया तक लेकर जाएंगे एंड आए फरिश्ते की तरह स्काउट को दिया रिवावल और निकलकर चले गए अपने एरिया पर वापिस से नियो का ग्रेनेड जरूर से डाउन करेगा स्काउट को बट मिला जीवन दान एंड वापिस अपने कुछ कुछ तो होने वाला है ठीक है कल हो सकता नॉट ऐसा भी नहीं है है है है कि भाई चार लोग मेरे को गाली देने आ जाएंगे बट कुछ फर्स्ट प्लेयर प्लेयर प्लेयर प्लेयर बताया मैंने आच्छी आच्छी आच्छी मावी वो वो और सेकंड सेकंड सेकंड कौन कौन अब बता दूंगा अभी बता रहा हूँ फर्स्ट प्लेयर है ओए मावी सेकंड प्लेयर का जो है मैंने बोला था बताने के लिए एक सेकंड प्लेयर मेरे दिमाग में, गा में। बता क्या नहीं बे अच्छा सेकंड प्लेयर बताया मैंने उठा का नाम है बाई बारिया तालिया तालिया तालिया हो जाए तालिया हो जाए आज सोल के दो प्लेयर रीवील कर दिए तालिया बाकी तीन मॉर्टल और थक करेंगे अक्का लाला तुम लोग <laughs> का तुम ओह जनरल बीटल सेट इंसेक्ट क्वीन सेट ओके यार। many 14 okay oh level 3 helmet sexy is boss champion stand भाई कत् जहर सेट है, है नाई यार नए लोग आए हैं सभी का स्वागत है आ, स्ट्रीम पे अगर आपको नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तोड़ दो उसे दबा दो अस्सी तक